ये सौ किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था ना ही इसके पास गाड़ी के कागजात है और ना ही ड्राइविंग लाइसेंस कम ने किसी को फोन किया है वो ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आ रहा है नाम बताने में भी परहेज कर रहा है जनाब मॉजु तेरे बाप का राज है वो तूफान को हवा दे रहा था तू चाहे कोई भी हो कानून का गुलाम ही रहेगा समझा गुलाम अब में दही जमी है क्या अपना नाम बोल जब राखी की आंधी चली अब क्या तो पूरा स्टेशन का ये लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस रॉकी, लगता है मेरी गई। हटो, अरे अरे सिगरेट है? अरे, है? यही तो फेंकी थी कहाँ मिल गई भले ही किसी को उसका दीदार ना हुआ पर नाम से सब वाकिफ थे रोकी since 1951